साले पूरी पत्ती फेंक है, पूरा जानवर बना जा रही साले जानवर ही तो है वो साले जानवर नहीं है वो बकरा है साले बकरा भी तो जानवर ही रहता है साले बकरा का जानवर के रिया तुझसे कोई जानवर कहगा के कैसा लगेगा तू? <laughs>